अब यहाँ से कहा जाए गाइस वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो गाइस कैसे हैं आप सब असलामिक दोस्तों आयो बढ़िया होंगे तो गाइस आज हम हैं गांव में दिखाते हैं आपको गांव का क्या रहन सहन है कैसे लोग रहते हैं चलिए दिखाते हैं आपको तो भाई ये है हमारे गांव का तालाब जिसमें मच्छी पालन होता है और इसी में मछली पड़ती हैं पलती हैं पानी बहुत ज़्यादा है और गाँव में तो इसी में नहा लेते हैं तो इसी को ही स्विमिंग पूल समझते हैं क्योंकि यहाँ तो स्विमिंग पूल देखा तो ये यार होता है से कहा जाए हम तेरी बाहो में मर जाए दोस्तों तो तो अभी आ गए हम अपने गांव के खेत में जो कि ये गांव लगे हुए हैं तो पीछे जो देख रहे हैं ना वो सब में इधर सारे पीछे में जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना वहाँ सारे हमारे खेत हैं क्या बोला तूने हमारे खेत है सारे पूरे में जितने में भी है ना सारे हमारे खेत हैं देख रहे होंगे आप सारे हमारे खेत है चल चूटा। तो चलिए आपको दिखाते हैं गेहूँ कैसे है ये देख रहे होंगे आप ये गेहूँ हैं ये अभी जो मैंने बताया है, सारे हमारे ये सारे हमारे नहीं हैं हमारा सिर्फ तो यही एक खेत है जो कि इसमें हमने गेहूँ बोए हुए हैं और अभी ये एक और खेत है उसमें हम महमता लगाएंगे। वो आपको दिखाएंगे। और एक और है उसमें धान लगेंगे तो धान जो है का, कादल मारते हुए ट्रैक्टर कादल मारेगा वो आपको दिखाएंगे तो चलिए अब वहीं चलते हैं और दिखाते हैं आपको पहले मेहमता कैसे भुगता है तो चलिए चलते हैं जैसे आपको जैसे कि आपको पता है कि हम गांव में आए हुए थे और अभी हो रहा है मेहमता मेहमता क्या होता है जो पीपलमेंट पीपल मेट पीपल का जो ऑयल होता है ना तो सेंटर फ्रेश वगैरह में जो ठंडा ठंडा निकलता है ना खाने से ठंडा ठंडा लगता थंड है वही पीपलमेंट में है और उसी का ये अभी हम हो रहे हैं आपको कैसे बोलते हैं hey, ये बके खाद हमारे बड़े भाई जो कि मैम डालने के बाद खाद भी पकड़ते हैं जो जल्दी जम के आ जाए उसके लिए खाद पकेरना पड़ता है देख रहे हैं ना आप ये खाद भी कर रहे हैं और खाद बिखरने के बाद हम पाटेंगे पाट के आपको दिखाएंगे। तो अभी हम जो है मेम का पाट रहे हैं जो कि हमने बोया था कुछ इस तरीके से इसको ज़मीन में दबाते हैं आपको दिख रहा होगा कैसे हम इसको जमीन में दबा रहे हैं What? भी लग रहा है कधहर जो कि धान लगाना है हमें इसमें ये हमारे खेत है ट्रैक्टर भी हमारा है, तो इसमें लगेगा धान और दूसरे खेत में जो मैंने बताया था वो लग रहा है पीपलमैंड मैम था